प्रमुख विषय हैं डीएपी खाद का वितरण और मंडियों में धान की खरीद इसके बारे में चर्चा करने के लिए आया हूं सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है और ना ही कमी रहेगी टोटल तो जो खाद की इस प्रवी सीज़न की आंकड़ा है पिछले साल दो हज़ार का एस्टिमेट हमारा जो है यूरिया की 11 लाख मीट्रिक टन की ज़रूरत होती है जिसमें से हमारा एक अक्टूबर को एक लाख छत्तीस हजार मीट्रिक टन हमारे पास स्टॉक था और सत्ताईस तारीख तक इस महीने में एक लाख तेईस मीट्रिक टन आ चुका है दोनों मिलाकर के दो लाख साठ हज़ार छप्पन मीट्रिक टन यूरिया की उपलब्धता हुई है और कुल बिक्री नब्बे हज़ार दो सौ सोलह की हुई है पिछले साल जो बिक्री हुई थी इसी अवधि में छासठ हज़ार तीन सौ पैंतालीस की थी लगभग लगभग चालीस प्रतिशत यूरिया ज़्यादा बिका है और हमारे पास एक लाख सत्तर हज़ार आठ सौ मीट्रिक टन तो ये समझो आपको किस 33-34 लाख बोरी यूरिया उपलब्ध है अभी भी हमारे पास डीएपी की रिक्वायरमेंट हमारे पास पिछले साल में सारी डीएपी 2 लाख छियासी हजार मीट्रिक की इस पूरे सीजन में बिक्री हुई थी अब हमने सोचा कि इस बार ज्यादा सरसों बोएंगे ज़्यादा भाव अच्छा है तो उससे तीन लाख मीट्रिक टन की जरूरत पड़ेगी एक दस को हमारे पास स्टॉक था तिरपन हज़ार तिरसठ मीट्रिक टन का सत्ताईस दस तक यानी कि आज तक पचासी हजार दो सौ तिरानवे इस महीने में हमारे पास डीपी आया है कुल दोनों मिला के हमारे पास हो गया एक लाख अड़तीस हजार तीन सौ छप्पन मीट्रिक टन जिसमें से एक लाख दस हजार एक सौ पचासी मीट्रिक टन बिक्री हो चुका है किसानों के पास जा चुका है पिछली बार इसी अवधि में एक लाख तीन हजार बहत्तर मीट्रिक टन डीएपी किसानों के पास गया था तो ये भी अंदाजा सात आठ प्रतिशत किसानों के पास डीएपी ज़्यादा जा चुका है हमारे पास अट्ठाईस हजार एक सौ इकहत्तर आज के दिन मीट्रिक टन उपलब्ध है एक दो हमारी कोशिश ये रही है कि डीएपी ए बाहर का होता है सुपरफास्ट फेट तुम्हारे देश में बढ़ता है और उसकी उपजाऊ शक्ति इस डीएपी से बेहतर है खासकर सरसों के लिए इसके अंदर हम थोड़ा सा यूरिया मिला दें थोड़ा सा सल्फर है इसमें ज़्यादा होता है तेल की मात्रा बढ़ती है किसानों में जागृति भी आई है तो इस बार हमने टारगेट दिया कि वो तो लाख मीट्रिक जो है एस भी किसानों के अंदर बाँटा जाए बासठ मीट्रिक टन हमारे पास एक दस को था तेरह हज़ार बाईस मीट्रिक टन हमारे पास और रहा है कुल इस महीने के ऊपर पचहत्तर हजार आठ मीट्रिक टन हुई जिसमें से किसानों के पास उनतालीस हजार जा चुका है जो पिछली बार सिर्फ तेरह हज़ार बिका था तेरह हजार तीन उसके अगेंस्ट उनतालीस हजार मीट्रिक टन बिक चुका है 40,000 के आसपास, और हमारे पास अभी छत्तीस के आस मीट्रिक टन पैंतीस उपलब्ध है एक होता है एनपीके, 50000 मीटर किसानों में इसकी भी बड़ी डिमांड रहती है सब्जियों में आलू में और कई तरह के टमाटर में इनमें डालते हैं ये ओपनिंग बैलेंस हमारे पास ग्यारह हजार था नौ हज़ार आठ हमारे पास आ चुका है बीस दोनों का टोटल बनता है 14202 बिक्री हुई है इस महीने की पिछले साल छब्बीस थी हमारे पास छः हजार मीट्रिक टन अभी भी उपलब्ध है और इसके अलावा जो तो इसी महीने के अंदर छः रैक उड़ाने हैं लगभग 2600 से लेकर उनतालीस के बीच में एक रैक आता है तो 15 से बीस हजार मीट्रिक टन डीएपी हमारे पास इसी तीन चार दिन चार दिन बचे हुए हैं इसमें और आएगा किसी भी तरह की हरियाणा में सारे आंकड़े आपके आग सामने हैं पिछले साल से ज़्यादा तो हम बचवा चुके हैं उसके बाद जो है हमारे पास उपलब्ध भी है नवंबर में कुल जरूरत होती है सरस ये डीएपी की जरूरत सरसों वाले इलाके में तो अभी जरूरत है हमारा जो इलाका है रिवाड़ी नू महेंद्रगढ़ ज़, झज्जर इसार सरसा भिवानी दादरी सरसों का इलाका क्योंकि वहाँ फसल लगभग एक महीना पहले बोई जाती है सरसों की भी गेहूँ भी पहले बोया जाता है फिर ये डी ए बोया जाता है इसके साथ गेहूँ की बिजाई पे तो गेहूँ की बिजाई वैसे भी इस बार लेट है बारिश की वजह से अभी दो दिन तीन दिन पहले भी ओलावृष्टि हुई है कई बारिश हुई है खेत गिले हैं पंद्रह तो तो नवंबर के आसपास ही इसका जोर पड़ता है तो तब तक हमारा जो तीन लाख में से हमारे पास अभी इसी महीने में डेढ़ लाख आ चुका है अगले महीने भी दिसंबर में भी जरूरत पड़ती है पचास साठ हज़ार की हमारा टारगेट ये है कि एक लाख भी टिकट हम नवंबर में भी उपलब्ध करा देंगे किसानों को एक दस की मांग करी है एक की हाँ भी कर रखी है लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये जो हवा खड़ा कर रखा था ये जो उसी तरह का हुआ था जिस तरह का यह हुआ था कि धरती चली जाएगी मंडी चली जाएगी एमएसपी खत्म हो जाएगी और ये अफवाह भरा दी कि डी नहीं मिलेगी जो सरकार के खिलाफ लोग आंदोलन कर रहे हैं विपक्षी पार्टियां हैं उनका अपना ध्येय है कि अव्यवस्था फैलाएँ सरकार को बदनाम करें लेकिन मैं किसान भाइयों को पहले भी बता चुका हूँ कि एक एक एकड़ के लिए यूरिया डीएपी, ए पी सुपरफास्टफेट सिंगल सुपर फास्टफेट एन हमारे पास उपलब्ध है और रहेगी किसी भी किसान को हरियाणा के किसान को खाद की वजह से कोई ये कहे कि मेरा एक एकड़ रह गया वंचित वो ऐसा नहीं होने देंगे मैं अपने सारे किसान भाइयों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ ये जो भ्रम फल गया ये ज़रूर है कि पिछले हफ्ते में तीन चार जगह लाइनें ज़्यादा लगी और मैं समझता हूँ लाइनें लगाना हमारा मजबूरी थी हमारे पड़ोसी प्रदेश राजस्थान में यूरिया की कालाबाजारी है हमारे पड़ोसी पर, प्रदेश पंजाब में ऊंचे रेट पर बिक रहा है और ये कालाबाजारी करने वाले लोग चाहते थे कि इनको ट्रॉली भर के हम डी दे दें उनको रोकने के लिए हमने अपने किसानों की जोड़ के हिसाब से तीन बोरी चार बोरी पांच बोरी क्योंकि आधा बोरी डी ए लगता है एक सरसों के खेत में और 90 परसेंट अस्सी परसेंट किसान जो है तीन चार एकड़ के से बड़ा नहीं है उनको हमने दिया उससे लाइनें लगी दिखाई दी और काला रोकने की पूरी कोशिश की कल भी आज आपने न्यूज़पेपर में आया होगा कि पाँच कुछ कट्टे हाँसी एक व्यापारी से पकड़े गए हैं जिसका वो हिसाब नहीं दे पाया कालाबाजारी करने वाले लोग जो हैं वो भ्रम फैला करके शॉर्टेज दिखा करके महंगा बेचना चाहते थे लेकिन हमने पूरा 1200 रुपए में प्रत्येक किसान को थोड़ा बहुत दिक्कत तो उनको हुई है उनसे हम लक्ष्मा अच्छा याचना करते हैं लेकिन किसी भी तरह की शॉर्टेज हरियाणा में ना डीएपी की होगी ना यूरिया की होगी हमारे पास युद्ध आंकड़ा है या सिद्ध करता है कि पहले से बीस ज़्यादा हमारे पास यूरिया है भी और भी आएगा डी भी हमारे पास 20 प्रतिशत ज़्यादा है किसी भी तरह की कोई कमी खाद की नहीं होने देंगे और इस खाद की हम पहले से सक्रिय थे मैंने केंद्र के मंत्रियों से मुलाकात की डी ए लेटर लिखा हमारे मुख्यमंत्री जी ने सारा संज्ञान लिया और केंद्रीय मंत्री से कह के छः अतिरिक्त रैक भी मंगवाए ट्रेन के और इन जिलों के अंदर अडिशनल चीफ शक्ति बैंक का अधिकारियों की 25 26 27 तीन दिन उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बता दिया कि कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो फैसला करो और यूरिया की या डीएपी की या खाद की कोई कालाबाजारी ना होने दे तो मैं ये आंकड़ों से आपके सामने रख कि तो के किसान भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि निश्चिंत होकर अपना खेत में काम करें यूरिया और डी ए पी सुपरफास्टफेट जो खाद आपको जरूरत होगी वो उपलब्ध रहेगी इतना ही हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन आगे पीछे हो जाए तो इसलिए विचलित ना हो निश्चिंत होकर अपना काम करें हरियाणा सरकार खाद की कमी नहीं रहने देगी दूसरा विषय आपके सामने है पैडी परचेज का इस बार जो मौसम ने किसान को बहुत परेशान किया हमारे विभाग को भी बहुत परेशान किया बेमौसमी बारिश की वजह से बार बार पैडी भीगती रही कल मैं आया हूँ सरसा से सारा हाईवे जो है कंक्रीट का जो हाईवे है अम्बाड़ा और कुछ के बीच में एक साइड पैडी से भरी हुई है और इसलिए कि वो सुखा लें उस पर वहीं से मंडी एक टेम्परेरी बना रखी है वहीं सुखा के भर के ताकि किसानों की परचेज हो जाए और हमने इस बार तीन तारीख से परचेज शुरू की थी पैडी की बीच बीच में बारिश आती रही किसान भाइयों को थोड़ी बहुत दिक्कत भी हुई उसके लिए भी हम अक्ष्म याचना करते हैं और मैं दिखाना चाहता हूँ आंकड़ों के माध्यम से कि इस बार जो पैडी है 2020 हजार बीस में आज तक जो पैडी की अराइवल हुई थी चालीस पॉइंट छब्बीस लाख मीट्रिक टन उस वक़्त हमने पहले शुरू की थी इस बार लेट शुरू की एक हफ्ता उसके बावजूद हम चवालीस पॉइंट चार चार जीरो लाख मीट्रिक टन अराइवल हो चुकी है जो उतनी अराइवल मंडियों में हो चुकी है उसमें से 43 लाख मीट्रिक टन हम खरीद चुके हैं छत्तीस लाख पिचासी की लिफ्टिंग हम कर चुके हैं इससे बढ़िया व्यवस्था हो नहीं सकती कि पचासी लिफ्टिंग साथ साथ हो जाए 6200 करोड़ रुपये की पेमेंट कर चुके हैं पहले 15-15 महीना लगता था अब हमने नीति बना दी कि बहत्तर घंटे के बाद अगर किसान की पेमेंट रेट होगी तो उसको ब्याज देंगे नौ उसका परिणाम यह है कि इस पैडी की 6200 हजार करोड़ की साथ साथ किसानों को पेमेंट भी जा रही है और बासमती की अराइवल पिछली बार जो थी 8.40 लाख भी थी इस बार चार पॉइंट लाख भी टिक टन हुई है बासमती थोड़ा सा लेट है बारिश की वजह से थोड़ा सा लेट हो गई है और पिछली बार जो हमने भारी को कुल, -कुल पैडी की परचेज जो थी छप्पन लाख मीट्रिक टन थी जिसमें से चालीस पॉइंट खर्च चुके हैं मोटा मोटी अस्सी प्रतिशत की पैडी की परचेज हो चुकी है और अभी तो मंडी चलेगी जब तक किसान के भाई के पैडी नहीं आ जाती हम प्रोक्योरमेंट करते रहेंगे किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है साथ साथ लिफ्टिंग करवा रहे हैं साथ साथ पेमेंट कर रहे हैं एक मुद्दा था बाजरा का बाजरा का पिछली बार हमने लगभग साढ़े सात लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा परचेज की थी इस बार हमने भावान्तर भरपाई का फैसला किया है क्योंकि हमारे पड़ोसी प्रदेशों में बाजरा की खरीद नहीं होती वहाँ सस्ता बिकता, था वहाँ से इधर आ जाता है समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और फिर हमें बाजरा सस्ते रेट पर बेचना पड़ता है तो इस बार हमने फैसला किया जिस दिन हमने फैसला लिया उस दिन बाजरे का रेट साढ़े सोलह सो था और 600 रुपए रुपये डाल के साढ़े बाईस सौ रुपये एम एस हो जाता था सारी जमीन की मैपिंग कराई किसान को ना जे फॉर्म दिखाना ना कहीं फार्म भरना ना कहीं अप्लीकेशन देनी डायरेक्ट हमने अपने आप मैपिंग करा करके किसानों के खाते में 4200 रुपए से लेकर के 6000 हजार रुपये तक सीधा डालना शुरू कर दिया आज तक हम दो करोड़ रुपये किसानों के खाते में डाल चुके हैं किसान भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूं। चिंता ना करो आपका जिस तरह से हमारी सरकार के अंदर कपास साढ़े आठ नौ हज़ार रुपये बिक रही है सरसों साढ़े सात आठ हजार रुपये बिक रही है हर फसल के भाव एम एस पी से ऊपर है बाजरा भी आप थोड़ा सा हौसला रखो आपका सत्रह अठारह सौ उन्नीस में बिकेगा छः सौ हम देंगे आपको एम से ज़्यादा के रेट मिलेंगे गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है घबराने की जरूरत नहीं है और हमने मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है किसी मंडी में अगर लगता है कि साढ़े सोलह सो से नीचे भाव जाता है तो एफ को आदेश दिए हैं कि आप जाके खरीद शुरू कर दो जो हमें पीडीएस के लिए बाजरा चाहिए उसको खरीद देंगे और आप पता कर सकते हो सारे पत्रकार भाई बाजरा क्या एन सी वो है फॉरवर्ड मार्केटिंग का पोर्टल है जिसमें आ, खरीद फरोख्त होती रहती है कभी भी उसमें सोलह सो रुपए से नीचे बाजार नहीं आया ये एक ट्राली ला कर के या एक खराब बाजरा बारह 1200-1300 सौ बेच के गुमराह करना चाहते हैं विपक्षी पार्टी वाले किसान इसमें नहीं है किसान को हमारी नीतियों पर पूरा भरोसा है किसान कहता है कि ये जो फैसला किया है ये किसान का हित का है और ये जो फैसला किया है इससे कालाबाजारी करने वालों की कबर टूट गई है आगे से जो किसान का ही हक को खा जाते थे ऐसे लोगों को सही चपत लगाई है और किसान को साढ़े चार सौ पाँच सौ करोड़ रुपया जिसमें से दो सौ छत्तीस करोड़ रुपया डल भी चुका है किसान को सही वक्त पर बगैर मंडी में जाए अपने घर में बगैर हथ के पैसा मिल गया उसको खाद चाहिए उसको बीज चाहिए उसको जुताई करनी है गेहूँ की सरसों की उसके लिए उसके पास पूंजी उपलब्ध हो गई है तो हम बिल्कुल किसानों की सेवा के लिए लगे हुए हैं और मैं फिर एक बार आश्वस्त करता हूं किसान भाइयों से कि अपनी अगली फसल की तैयारी करें आपको अच्छे मंडियां देंगे अच्छे भाव देंगे नई नई स्कीम लेके आएंगे जिस तरह से भावंतर भरपाई की स्कीम हम लेके आए फसलों के लिए इसके बाजरा के लिए सब्जियों के लिए पहले लेके आए हैं सब्जी का फसल बीमा लेके आए हैं पशुधन का पशुधन क्रेडिट कार्ड ले आए हैं और तरह तरह की स्कीम हम ले करके हमारी मकसद ये है कि किसान सक्षम हो और कल भी मैं फार्मर के यहाँ गया था सरसा में था मैं दो दिन इलाहाबाद में रहा तो भट्टू इलाके के अंदर एक फार्मर के पास गया नौजवान लड़के ने कहा है जी ढाई एकड़ के अंदर मैंने पेरा पहला साल है खारी जमीन में जिसमें बीस हज़ार रुपये किसान अंदर ही नहीं होती थी उसमें उसने पंद्रह लाख रुपये कमाए हैं ये है किसान को आगे बढ़ाने का तरीका इस तरह से हमारा लक्ष्य है कि हज़ारों किसान हम तैयार करेंगे और हज़ारों किसानों के बच्चों को जो रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं उनको लोन भी दिलवाएंगे उनको सब्सिडी भी दिलवाएंगे उनको ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे और उनको करोड़पति गांव में बैठे बैठे बनाएंगे धन्यवाद